किस सब्जी को खाने से दांत साफ हो जाते हैं आपका ऑप्शन है A. लौकी की सब्जी बी पपीता की सब्जी सी आलू की सब्जी डीप इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब होगा बी पपीता की सब्जी